मैं तेरे में ना अरे दीवाने जा ऐसी, वैसी, बना के मुझे ना तो लुट मर जाऊंगी तेरे तेरा चीत के दिख लाऊंगी न छोड़ूंगी चाहे जितना तड़पा तिल डूबा तिल को इन आँखों